हेलो फ्रेंड्स चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर एक्सरसाइज देख रहे हैं आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें जो क्वेश्चन है वो दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे उसमें B को समकोण बनाएंगे ठीक और ए बी देगा हम लोग का दिया होगा 24 सेंटीमीटर और बी सी सेंटीमीटर इसको भी लिख लेंगे चित्र में हम बनाएंगे अभी निम्नलिखित का मान ज्ञात करने को बोल रहा है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी चलिए तो आप क्वेश्चन लिखते हैं अपने कॉपी पर चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन लिख लिए हमने अब इसको हल करेंगे यही ना क्वेश्चन दिया था त्रिभुज एबीसी है इसमें कोण बी समकोण और ए बी चौबीस सेंटीमीटर दिया था बी सी सात सेंटीमीटर ज्ञात करना है हम लोगों को साइन ए कॉस ए साइन सी कॉ सी चलिए तो इसको हल करते हैं एक त्रिभुज बनाएंगे एबीसी बी बी सम रखना है हम लोगों को चलिए तो बी को सम बना देते हैं सम बना लिया ये हो गया ए हो गया ए भी दिया है हम लोगों का देखो 24 सेंटीमीटर इसको भी लिख लेंगे बी दिया है 7 सेंटीमीटर अब बोल रहा है साइन ने ज्ञात करने को तो पहले हमको ये नहीं पता है ए तो आप लोगों को पता होगा कि कर्ण बराबर होता है अंडर रूट में लम्ब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर तो हम लोग लिखेंगे ए बराबर अंडर ab बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यही लिखेंगे फिर अब इसमें देखेंगे हम लोगों का ए बी कितना दिया है चौबीस चौबीस का स्क्वायर कर देंगे प्लस सात का स्क्वायर रूट में चौबीस का वर्ग होता है पाँच सौ छिहत्तर पाँच सौ छिहत्तर लिख लेंगे प्लस सात का उनचास होता है इसको एड कर देंगे दोनों को तो आ जाएगा हम लोगों का छः सौ लिख लिए 625 का रूट कितना होता है हटेगा तो 25 सेंटीमीटर होता है तो ए हम लोग का आ गया इतना ए लिख लेंगे चित्र में तो ए आ गया हम लोग का कितना 25 सेंटीमीटर चलो अब क्वेश्चन हल करते हैं चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन लिख लिया मैंने बोल रहा है साइन ए कौश का मान दिया ये पहला क्वेश्चन है पहला का पहला तो चलिए इसको लिखते हैं पहले साइन ए बराबर क्या होता है साइन बरा ठीठा बराबर क्या होता है लॉन्बा कौ नहीं पता है तो उसके लिए भी एक ट्रिक है मेरे पास ध्यान से देखिएगा सुनिए यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला होता है एल ए एल ये फॉर्मूला नहीं बोले ट्रिक बोले इसको के के ए इसको बोलते हैं लाल बटा कक्का इसको जानते हो क्या बोलते हैं साइन थीटा इसको कोस थीटा इसको टैन थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है कोशेक थीटा अभी समझिएगा एकदम बहुत ही जी से समझाऊंगा ये हो जाएगा सेक थीटा ये हो जाएगा थीटा ठीक तो है फ्रेंड्स तो चलिए देखते हैं मैंने लिख लिया एल और ए और के ये सब का पता चल गया आप लोगों का साइन ठीटा कोटा टेन थीठा और इन तीनों का उल्टा होता है ये देख लीजिए इसके नीचे होगा यहाँ से यहाँ तक और ये ठीक है अब इसमें इसको क्या बोलेंगे ये नहीं पता होगा तो आप लोगों के लिए भी लिख देता हूँ एल ए के यही तीन चीज़ें एल से लम बोलते हैं ए से आधार के से कर्ण चलिए तो आप लोगों को इतना बेसिक पता चल गया अब क्वेश्चन पर चलते हैं देख लीजिए पहले यहाँ पर साइन थीटा बोल रहा है साइन थीटा बराबर हम लोगों क्या होगा लम बटा कर्ण तो लम बटा कर्न लेंगे चलिए क्वेश्चन पर तो लम बटा कर् लेंगे तो साइन ए के लिए लम हम लोगों का क्या होगा तो साइन ए के लिए ये देखो ये ना बोल रहा है तो इसको नीचे कर देते हैं इस तरह से अब देखो इसके लिए लम क्या हो गया ये हो गया बी और कर्ण ए सी आधार हो गया तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि साइन बराबर साइन बराबर लंब लम्बटा कर्ण पढ़े तो इसके लिए लंब क्या हो गया हम लोगों का बी सी लिखेंगे और कर्ण हो गया ए सी साइन ए बराबर बटा में कर्ण सिर्फ इसके लिए ये लंब होगा बाकी सब के लिए जो होता है लंब ये होगा कर्ण और ये आधार ठीक है तो बी देखेंगे हम लोग का दिया है कितना बी दिया है सात सेंटीमीटर सात लिख देंगे ए हम लोग का आया है कितना तो 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर हो गया ये हम लोग का पहला आंसर आ गया अब बोल रहा है कॉस ए ज्ञात करने को चलिए फ्रेंड्स कॉस ए को अब ज्ञात करेंगे हम लोग तो कॉस ए बराबर क्या होता है देखिए यहाँ पर कॉस ए बराबर होगा आधार बटा में कर्ण आधार बटा कर्ण तो इसके लिए आधार क्या होगा यही हो जाएगा क्योंकि ये तो लम्ब है तो आधार हो जाएगा हम लोग का ए और कर्ण क्या होगा एसी। ए सी ए बी बेटा में एसी। ए सी ए बी हम लोगों को कितना दिया है 24 सेंटीमीटर और ए सी आया है पच्चीस सेंटीमीटर हम लोग का पहला क्वेश्चन हल हो गया अब दूसरा बनाएंगे चलिए फ्रेंड्स तो बनाते हैं हम दूसरा क्वेश्चन साइंस ई और क्वेश्चन सी याद करना है तो देखें यहां पर चित्र मैंने उतार लिया यहाँ पर यही चित्र है एकदम सेम है देखो यहीं एकदम फिगर है ना चलो अब इसको हल करते हैं साइंस सी को तो अब हम लोग देखेंगे इसमें साइंसी ये है पहले साइंसी लिखें यहाँ पर साइंसी साइन बराबर होता है लम्बट कर्ण अब इसके लिए लम जो है वहीं रहेगा बस इसके लिए चेंज होता है मैंने आपको बताया बाकी सबके लिए जो होता है वहीं रहता है तो इसके लिए क्या होगा लम्ब ये होगा कर्ण आधार साइंस लम क्या होगा ए बी कर्ण हो जाएगा ए देखो अब यहाँ पर ए कितना दिया है चौबीस और ए आया है पच्चीस हम लोग का आंसर हो गया साइंसी उसी तरह से कौ सी को बनाना है कौस सी बराबर क्या होता है आधार बटा कॉर्न आप लोगों को मैंने बताया था यहाँ एक बार और देख लीजिए यहाँ पर कौस का होगा आधार बटा कॉर्न चलो तो कौ बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा कॉर्न यानी ये आधार हो जाएगा बी और कर्ण हो जाएगा ए ठीक है तो बी कितना दिया है सात और एसी कितना दिया है आया है चौबीस पच्चीस आया है ठीक है तो हम लोग का आंसर आ गया यही ना ज्ञात करना था अपने आंसर देख सकते हैं नोट एंसर बुक में ठीक है थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा